हेलो गाइज मैं हूँ पप्पू और आप सबको आसानी से दिख रहा होगा निपात तो गाइज आपसे इस तरह के सवालें पूछा जा सकता है कि निपात क्या है निपात किसे कहते हैं निपात का क्या मतलब है निपात का परिभाषा क्या होता है निपात से आप क्या समझते हैं तो कुछ इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है गाइज आपसे अगर पूछा जाता है कि निपात क्या है निपात किसे कहते हैं निपात का क्या मतलब होता है निपात से आप क्या समझते हैं ये सब कुछ भी पूछ दिया जाता है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है आज मैं जो बताऊंगा आपको वही लेकर आ जाना है और हां इस वीडियो में हम बात करेंगे निपात के बारे में और इसके जो प्रकार होते हैं अगले वीडियो में हम बात करेंगे तो ध्यान से देखें गाइज यहाँ पर आप सब आसानी से देख पा रहे हैं निपात ठीक है जिसे हिंदी में और कहते हैं औधारक ठीक है इसको इंग्लिश में कहते हैं कोलैप्स यहां पर आसानी से आप देख पा रहे हैं कि किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही निपात कहते हैं यहां पर परिभाषा आपको समझ में नहीं आया होगा यहां पर उदाहरण आप समझिए उदाहरण में मैंने लिख रखा है भी तो तक केवल ही मात्र मत क्या हा जी नहीं न काश जी हा का तो पर सिर्फ सा ठीक लगभग करीब तकरीबन आदि ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी शब्द जो हैं ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी क्या हैं निपात हैं ये निपात है? क्यों हैं क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है कि ममता ने मुझसे बात तक नहीं की तो यहाँ पर अगर तक नहीं रहेगा तो आप इसे पढ़िए कि ममता ने मुझसे बात नहीं की और जैसे यहाँ पर तक लग जाता है अब तक लगा दिए तो पढ़ेंगे तो क्या आपको दिख रहा है कि ममता ने मुझसे बात तक नहीं की यानी इसमें जोर लग रहा है यानी इसमें भार लग रहा है तो यहाँ पर ये जो शब्द आपको दिख रहा है तक तक हमारा क्या हो गया ये निपात हो गया ये निपात क्यों हो गया क्योंकि इसमें देख सकते हैं भार लग रहा है यानी इसमें बल लग रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ममता ने मुझसे बात तक नहीं की ठीक है और आगे मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है यहां पर गौर कीजिए आगे मैंने लिख रखा है कि कल सभी स्कूल जाएंगे अगर तक अगर हम पढ़ेंगे तो कल सभी स्कूल तक जाएंगे यानी इसमें जोर देना पड़ रहा है यानी भार देना पड़ रहा है इसमें बल देना पड़ रहा है या नहीं तो ये जो यहां पर तक आपको दिख रहा है तक हमारा क्या हो गया निपात हो गया तो गाइज यहां पर जितने भी आपको चीजें दिख रहे हैं ये सभी के सभी निपात हैं ठीक है तो निपात आपको आया कि नहीं आया और भी उदाहरण से आप समझिए यहां पर आपको दिख रहा है शिक्षक स्कूल में केवल आते हैं तो यहां पर केवल नहीं रहेगा तो आप पढ़िए शिक्षक स्कूल में आते हैं इससे कोई पता नहीं चल रहा सिंपल लग रहा है लेकिन ऐसे पढ़ा जाए कि शिक्षक स्कूल में केवल आते हैं तो यहां पर ये इसमें भार लग रहा है इसमें बल लग रहा है तो केवल हमारा क्या हो गया निपात हो गया ये चीज आप ध्यान दीजिएगा इसके बाद आगे आप आसानी से देख सकते हैं मैंने लिख रखा है कि कल शिक्षक भी आएंगे यानी भी हमारा क्या हो गया निपात हो गया इसके बाद रामू को आज रात रुकना ही पड़ेगा यानी ही हमारा क्या हो गया निपात हो गया इसके बाद आगे मैंने लिख रखा है कि कल से मैं भी आपके साथ स्कूल आऊँगा यानी ये जो भी है ना भी हमारा क्या हो गया निपात हो गया और इसके बाद आगे मैंने लिख रखा है कि ममता ने तो हद कर दी ममता ने तो हद कर दी यानी तो हमारा क्या हो गया निपात हो गया तो आसानी से आप समझ सकते हैं यहाँ पर और भी एग्जांपल मैंने ले रखा है तो आगे एग्जांपल देख सकते हैं गांधी जी को पूरे भारत के एक एक बच्चे तक जानते हैं यानी तक हमारा क्या हो गया निपात हो गया इसके बाद है कि उसने क्या कहा यानि उसने क्या कहा या जो ये जो किया है ना ये हमारा निपात हो गया इसके बाद आप देख सकते हैं हाँ सचमुच में सांप देखा यानी हाँ हमारा इसमें क्या है निपात है तुम वहाँ नहीं जाओगे यानी इसमें नहीं हमारा क्या हो गया निपात हो गया तो निपात आसानी से अगर आपको पहचानना है तो ये जो चीज़ें आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी चीज़ों को आप याद कर लीजिए अगर आपको निपात के बारे में आ गया होगा तो इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिएगा और मैं अगले वीडियो में मैं आपको निपात की ढेर सारे प्रकार लेकर के आऊँगा ढेर सारे क्या मतलब जितना होंगे उतना ही लेकर के आऊँगा और प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत